तो पहला ट्यूटोरियल है जोन पहचानना प्रश्न है एक किलोग्राम पानी के निम्न दशाओं का वर्गीकरण सुपरहीटेड स्टीम बाफ सबकूल्ड लिक्विड सुपरक्रिटिकल क्रिटिकल फ्लूड एलवी सैचुरेशन रेखा पर या सेचुरेटेड लिक्विड या सूखी सैचुरेटेड बाफ या गीली बाफ में कीजिए पहला सवाल इसी कारण अब हम सवालों का उल्लेख कर रहे हैं तो हमारे पास यहां ट्यूटोरियल में पांच सवाल हैं एक दो तीन चार पांच और हर सवाल के लिए दो गुण दिए हुए हैं अर्थात पहला सवाल है वह जोन निर्धारित कीजिए जिसमें हमारा सिस्टम एक बार पर है यानी प्रेशर है एक बार और टेम्परेचर है डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड तो ठीक है तो अब हम स्टीम टेबल्स का उपयोग करते हैं और मैं आपके लिए ये सवाल ट्यूटोरियल के तौर पर हल करूँगा और फिर आपके लिए बहुत सारे सवाल असाइनमेंट्स के तौर पर होंगे तो पहला सवाल है पी है एक बार और T है डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास स्टीम टेबल्स में है एम यानी प्रेशर एम में तो यदि P एक बार है हमारा सवाल हो जाता है 0.1 दशमलव और T डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड तो ठीक है T डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड और P 0.1 दशमलव तो हम पहले क्या करेंगे हम पहले टेबल एक को देखेंगे और हमें पता है टेबल एक में टेम्परेचर आधार है तो हम पहले टेबल एक देखते हैं टी डेढ़ सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हैं और पी सैट टी की वैल्यू हासिल करते हैं यानी डेढ़ सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर पी सैट टी तो ये टेबल एक है जहां आधार टेम्परेचर है हम एलवी रेखा पर हैं और हम देखते हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर पी सैट क्या है तो हम यहां टी 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और संबंधित पी सैट वैल्यू है शून्य दशमलव छे छे तो ठीक है तो पी सैट टी है शून्य दशमलव तो हम ये वैल्यू लिखते हैं और पी वैल्यू की तुलना करते हैं जो कि इस सवाल के साथ है यह पी सेट वैल्यू तो हमने पहले देखा है कि क्या होता है अगर पी पी सेट टी से कम है या पी पी सेट टी से ज्यादा है तो आइए अब हम दिए हुए पी की तुलना इस टेबल से प्राप्त की हुई पी सेट टी के साथ करें तो हमने देखा कि डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड पर पी सैट शून्य दशमलव चार एमपीए है जब पी 0.1 दशमलव एमपीए है तो हमें यहां से यह समझ आता है कि हमारा पी पी सैट टी से कम है क्योंकि 0.1 दशमलव एक एमपीए शून्य दशमलव एमपीए से कम है तो हम अपने ग्राफ को देखते हैं पी ग्राफ को और देखते हैं कि यह सब कैसे होता है जिस जोन में हम हैं वहां पी पी सैट टी से कम है तो यहां हम देख सकते हैं यदि हम सीरियल क्रमांक दो पर है जहां पी पी सैट टी से कम है जो कि लाल बिंदु है तो इस पॉइंट पर दी हुई कंडीशन के लिए पी वैल्यू है शून्य दशमलव चार डेट्स और डिग्री सेंटीग्रेड के लिए पी है एक बार यह शून्य दशमलव एक एमपीए यानी -t से कम है और इसलिए यह शून्य दशमलव एक एमपीए और डेढ़ सौ डिग्री सेंटीग्रेड की स्थिति सुपरहीटेड वेपर जोन में स्थित है तो ठीक है हम सवाल की ओर लौटते हैं तो यह साबित करता है कि शून्य दशमलव एक और डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड की दी हुई स्थिति के लिए हम सुपर जोन में है तो ठीक है यह बहुत साधारण स्थिति है जो हमने टेबल एक से देखी तो हम समान अभ्यासक्रम टेबल दो के साथ दोहराते हैं इस दाहिने ओर पर और हम देख सकते हैं क्या हम उसी परिणाम पर पहुंचते हैं तो अब टेबल दो के लिए मैं प्रेशर आधार लूंगा है कि नहीं हमारी स्थिति है पी शून्य दशमलव एक मेगापास्कल है और टी डेढ़ सौ डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम टी सेट पी हासिल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब आधार प्रेशर है टी सेट पी मतलब टी सेट शून्य दशमलव एक एमपीए पर और अब हम टी और टी सेट पी की तुलना करते हैं टी कितना है डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड और अब हम इस टी की टी सैट पी से तुलना करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम टेबल दो पर जा सकते हैं और P 0.1 दशमलव ढूंढ सकते हैं तो ये टेबल दो है जहाँ प्रेशर आधार है और अब हम 0.1 दशमलव ढूंढते हैं तो हम यहाँ P 0.1 पर है और संबंधित टी सैट पी है निन्यानवे डिग्री सेंटीग्रेड तो ठीक है हमारा टी सैट पी है निन्यानवे दशमलव छह शून्य छह डिग्री सेंटीग्रेड तो हम ये वैल्यू लेते हैं और टी की टी सेट पी के साथ तुलना करते हैं ठीक है तो हम फिर से गणना पर लौटते हैं तो हमारा टी सेट पी है निन्यानवे दशमलव छह शून्य छह डिग्री सेंटीग्रेड और जबकि हमारा टी है डेढ़ सौ डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए हम कह सकते हैं कि टी टी सेट पी से ज्यादा है तो ठीक है टी टी सेट पी से ज्यादा है। तो हम अपने ग्राफ पर लौटते हैं और देखते हैं कि क्या होता है अगर टी टी सेट पी से ज्यादा है हम कौन से जोन में हैं? हाँ ये टेबल दो है और हम टी की तुलना टी सेट पी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तीसरी स्थिति है यदि टेम्परेचर जो कि हमारी स्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और टी सेट पी निन्यानवे डिग्री सेंटीग्रेड है हमें पता है कि डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड से ज्यादा है और इसी कारण हम सुपरहीटेड वेपर ज़ोन में ही अर्थात हम यहाँ पर है ये वही परिणाम है जो हमें टेबल एक से मिला था तो पुनः लौटते हुए मैं कहता हूँ क्योंकि टी टी सेट पी से ज्यादा है मैं कहूँगा कि हम सुपरहीटेड जोन में है तो ठीक है ये दोनों कंडीशन हमने देखा की हम टेबल एक से देखें या टेबल दो से देखें हम सुपरहीटेड जोन में ही हैं क्या मैं अब अपने मौलिक सवाल पर जा सकता हूं और जो हमें पहली कंडीशन मिली है उसे लिख सकता हूं कि हम सुपरहीटेड जोन में हैं तो ठीक है P एक बार और T डेढ़ सौ डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसी कारण मेरा उत्तर है मैं सुपर वेपर या सुपर स्टीम जोन में हूँ